हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप जैसे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करेंगे तो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पर सेट कर देना है और गाइस हमने रखा है गेवे तो गेवे पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना क्या है चैनल को सब्सक्राइब करना है आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बैल नोटिफिकेशन ऑल करोगे तो आप गे पार्टिसिपेट कर पाएंगे गाइज हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं कृपया आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ आप एक इतना सपोर्ट हमारे लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है इसलिए आप सब्सक्राइब के बटन को दबा दो और वीडियो के बटन को दबा दो और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है इसलिए गाइड कृपया आप अपना सपोर्ट दिखाएं आप कितना सपोर्ट कर सकते हैं आप सपोर्ट करें हमें कृपया कर गाय जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो कहा जाए आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है कृपया इसलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑल करो कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए क्या वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है इसलिए आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्या आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मोटिवेशन लाता है इसलिए हमें भी खुशी होती है वीडियो बनाने में ज प्लीज वीडियो को लाइक कर दो एम चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटे वाले बैलाइकन ऑल पर प्रेस कर दो uh. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय